एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जायका इंडिया का पर कि आप सब जानते हैं कि आज हम बनाने वाले हैं लाइली लुबनान जो कि सऊदी अरब की एक फेमस डेजर्ट है जितनी इसमें लज्जत है उतनी ही आसान इसकी रेसिपी है तो चलिए शुरू करते हैं लाइली लुबनान की पहली लेयर बनाने के लिए हमें एक कटोरी सूजी एक कटोरी चीनी आधा लीटर फुल क्रीम दूध और दो दोस बटर की जरूरत पड़ेगी जैसे कि आप देख सकते कि यहां पर हमने एक बर्तन में दूध ले लिया है अब हम इसमें एक कटोरी सूजी डाल देंगे यहाँ पर हमें इसको पकते हुए लगातार हिलाते रहना है ताकि इसमें गुटिया ना बनते गैस की फ्लेम को लो टू तो मीडियम रखा है इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी चीनी। इसको हमें पकते हुए लगातार तो हिलाते ही रहना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए दे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सर है वो पकने के बाद अच्छे से गाढ़ा हो चुका है इस पर पर अब हम यहाँ पर इसमें रोज बोटर ऐड कर देंगे। इसको पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, कम से कम से से चार मिनट में इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है जो है वो पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से हमको प्लेट में निकाल लेना है और पूरी प्लेट पर इस तरीके से स्प्रेट करते रहना है इस तरह से हमारी पहली लेयर तैयार हो चुकी है अब हम इसको सेट होने के लिए 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है तब तक हम इसकी दूसरी लेयर तैयार कर लेंगे लाईबान की दूसरी लेयर बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी आधा लीटर कुल क्रीम दूध तीन से चार टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का दूध में बनाया हुआ मिश्रण एक कटोरी चीनी ढाई सौ तो एम एल अमूल फ्रेस क्रीम और दो टीस्पून स्पून रोज गोर्टर चलाने के लिए हमने एक बर्तन में आधा लीटर दूध लिया है उसको थोड़ा गर्म होने देंगे और अब हम इसमें हमारा दूध में बनाया हुआ कॉर्नफ्लोर का मिश्रण एड कर देंगे तो पकाते हुए लगातार हिलाते रहना है आप इसमें है। और अब हम इसमें एक कटोरी चीनी डाल देंगे इसके बाद हमें इसमें रोज वटर डाल देना है यहाँ पर को अच्छे से है, ताकि इसमें ज्यादा ना बन हमारी ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हमारे इस मिश्रण को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट रखने के बाद हम इसमें हमारी फ्रेश क्रीम एड करेंगे और दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि हमारी जो दूसरी लेयर है वो स्मूथ और क्रीमी बन जाए चलिए चलते हैं हमारी पहली लेयर की तरफ अब हम इस पर हमारी दूसरी लेयर को अच्छे से खिंचा देंगे चार घंटे के लिए रख देंगे आप देख सकते हैं कि हमने डेजर्ट को फ्रीज में से निकाल लिया है और ये अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है हमने इसको तकरीबन चार घंटे के लिए फ्रीज में रखा था सेट होने के लिए अब वक्त है इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करने का डिस बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है अब हम इसे बर्फी के शेप में सर्व कर करेंगे। अब इस डिश की स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे सिरप। सिरप जो है ये इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो ही आप इसमें शुगर सिरप को एड कीजिएगा लीजिए खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारे स्मूथ और क्रीमी लाली लुबनाट